इन धड़कनों में बाजे उसकी ही शरम वो मेरी जाना है वो मेरी जानम मैं चैन उसका वो कृष्ण जी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है